हेलो काज मैंने एक न्यू स्टैंड बनाया है मेरे पास स्टैंड नहीं था इसलिए मैंने स्टैंड बना दिया है ये प्लास्टिक का है मैंने खुद अभी अपने घर पे बनाया है मैंने सभी लोगों को स्टैंड देखा इसलिए मेरे पास पैसें नहीं थे इसलिए मैंने ये अपने खुद बनाया है और स्टैंड पसंद आए तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टैंड कैसा लगा आपको स्टैंड के बारे में ज़रूर बताना है आपको स्टैंड आपने स्टैंड नहीं देखा था अभी मैं स्टैंड बता रहा हूँ मेरा मोबाइल स्टैंड के अंदर है इसलिए थोड़ी सी थोड़ा सा बता रहा हूँ ये मैंने अभी अभी स्टैंड बनाया है ये प्लास्टिक का है कितना इसी इसके अंदर किसी भी तरह मोबाइल रख सकते हैं अब देख लो ये मैं रख रहा हूँ इसको मोबाइल ऊंचे या नीचे या कैसे भी किसी भी तरह ऐसे ऐसे घुमाकर भी ब्लॉगर बना सकते हैं और इससे हमें कई बुना फ़ायदा होता है क्योंकि हम ख़रीद कर लाते हैं वो टूट जाता है जल्दी तो ये टूटता भी नहीं है क्योंकि ये खुद का बनाया हुआ तो हम कभी भी इसको वापस बना सकते हैं इससे ये सही बात है और कमेंट पर भाई लोगों ज़रूर बताना कि आपको स्टेज कैसा लगा पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपकी इंसा है तो हम जरूरी नहीं कह रहे कि आप जरूरी ये सब्सक्राइब कर दो हमें और आप सब्सक्राइब करोगे तो ये हम आगे बढ़ेंगे जैसे आप आप लोग ब्लॉग बनाएंगे तो हम भी सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे